नमस्कार स्वागत अभिनंदन दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दिनांक 23 अक्टूबर का दैनिक राशिफल मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ नया लेकर के आया है इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम उपाय क्या हो सकते हैं इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े दर्शकों बताना चाहेंगे के के आधार सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतन विवाह सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतन तो शास्त्र भी कहता है कि आप लोग जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता इत्यादि भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों आगे से पहले आप लोगों जिनका भी मूलांक एक से लेकर नौ के बीच में है वो लोग अपना राशिफल हमारे चैनल पर देख सकते हैं जाकर के दर्शकों रोहन जी देखिए जुड़ गए हैं और आप लोग फोन करके अपनी बार, टाइम और प्लेस हमसे एक प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं कोई सुल्क नहीं है। आगे बना होता ये अंग है तिथि वार नक्षत्र योग करम तो संबत् दो हजार छिहत्तर सख संबत्त उन्नीस सौ इकतालीस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि रहेगी और परिधावी नामक रहेगा दसवीं तिथि को कलंबी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही रहेगी क्योंकि बुधवार दिन रहेगा और बुधवार को उत्तर दिशा की ओर दिशा रहता है तो कोशिश कीजिएगा कि उत्तर दिशा की यात्राओं को यदि डाल सकते हैं तो ठीक है लेकिन फिर भी यदि क्योंकि आजकल का जो युग जमाना है बड़ा मॉडर्न है तो आप लोगों को भी नौकरी पेशा लोगों को तो जो है असंभव है कि डेली आप लोग छुट्टी जो है ले अगर ऐसे चलने लगे तो कोशिश कीजिएगा कि आज पहले दक्षिण दिशा की ओर आप चार पक्ष चलिएगा उसके बाद Uh, उत्तर दिशा की ओर और, और उत्तर दिशा में जाने से पूर्व इलायची का सेवन कर सकते हैं पिस्ता का सेवन आप लोग कर सकते हैं तिल का सेवन कर सकते हैं धनिये का सेवन करके अब आप लोग जा सकते हैं दिशा शूल का जो दोष होता है जो प्रभाव होता है वो कम हो जाएगा सूर्योदय होगा प्रातः छोदा पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर सत्ताईस मिनट पर दर्शकों नक्षत्र रहेगा अश्लेषा इसके उपरांत तो मघा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा वड़ी, जिसके उपरांत बिस्टि और अंतिम करण रहेगा वब, योग रहेगा शुभ इसके उपरांत शुक्ल योग रहेगा वार रहेगा बुधवार इसके साथ दर्शकों जो चंद्रदेव का चलायमान है कर्क राशि में दोपहर तीन बजकर चौदह मिनट तक की रहेंगे इसके बाद ये सिंह राशि में चंद्रमा चले जाएंगे सूर्यदेव नीच राशि में तुला राशि में चल रहे हैं दर्शकों राहु काल की, की बात कर लेते हैं राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय होता है कि आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहु काल रहेगा बुधवार का सुबह ग्यारह बजकर पचास मिनट से लेकर के एक बजकर पंद्रह मिनट तक का शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो अमृत काल में करिएगा दोपहर एक बजकर तिरालीस मिनट से तीन बजकर जो है चौदह मिनट का समय अमृतकाल का होगा यदि आप इस पीरियड में किसी कार्य को करते हैं तो आप लोग जो है सफल होंगे चलिए दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर हम चर्चा करते हैं साथ ही साथ दर्शकों आप लोगों का फ़ोन मिलाना स्टार्ट कर दीजिए और आप लोगों के फ़ोन भी हम लेना आप स्टार्ट कर देंगे कोशिश करेंगे कि दो राशियों पर एक टेलीफोन कॉल जरूर लें तो एक फ़ोन कॉल देखिए जो है आ रहा है हमारे पास और दर्शकों मेष राशि पहले चलते हैं, फिर फोन कॉल लेते हैं मेष राशि के जातकों आज आप परिवार वालों के साथ मित्र से आप आर्थिक मदद लेते हुए दिखाई पड़ते हैं आज आपको विदेश यात्राओं पर जाने का मौका मिल सकता है ऑफिस में आज आपके कार्यो की प्रशंसा होगी विदेश यात्राओं का योग अच्छा बन रहा है आज आप जा सकते हैं धन लाभ के योग बन रहे आज आपकी कार्य क्षमता भविष्य में फायदा दिला सकती है अपने आप को आज खुद को आप लोग स्वस्थ महसूस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ साथ जो हमारे मेष राशि के जातक हैं इनको करना क्या चाहिए आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तो सबसे पहले गणेश जी को मोदक का या लड्डू का भोग लगाइए दूसरा गणपतिथर्ष का आप लोग पाठ करिए इससे आज आपका आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा आसमानी कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी पूर्व दिशा पर आगे बढ़े उससे पहले एक फोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी प्रणाम जी सर मेरा नेम कुमारी है जी डेट आठ दस उन्नीस सौ छियानबे है दस है जी जी और बर्थ टाइम एक चालीस पी है जी तेरह बज चालीस मिनट जी और बर्थ प्लेस डिस्ट्रिक्ट पटना और मकामा जगह है जी तो मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा का योग है क्या प्रशासनिक सेवा का योग है सरकारी नौकरी का योग है जी तो ये एक यूजीसी नेट होता है जी, जी। तो क्या मैं वो एग्जाम परिफाई करूंगी या नहीं देखिए एजुकेशन फील्ड में भी आप जा सकती हैं प्लस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी आप जा सकती हैं दूसरा अकाउंट से जुड़ा हुआ आप कोई भी काम कर सकती हैं अकाउंट फील्ड से जुड़ा हुआ आप कोई भी कार्य कर सकती हैं और इवन शिक्षक बनने के भी योग है जी, तो तो, तक अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा दो हजार बाईस में हमको दिखा रहा है जी, देखे। ओके जी तो वृषभ राशि के जात को देखिए कितनी बढ़िया बात है इस बच्ची ने अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइम अपनी प्लेस बताई बहुत ज़्यादा नहीं पूछना पड़ा और कम समय में ए, इनके प्रश्नों का उत्तर दे दिए तो प्रयास आप लोग भी करिए कि अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीन चीज़ रेडी करके रखिए वृषभ राशि के जात आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे आज आपसी आप विश्वास और सहजता के सहारे आपके संबंध में मजबूती आएगी आज आपके मेहनत के परिणाम जल्द ही मिलेंगे खास करके वृषभ राशि की यदि महिलाएं हैं तो आज कोई गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा कैरियर के लिहाज से आज का जो रहेगा यह मील का पत्थर होता हुआ दिखाई पड़ेगा आज सफलता आपके कदम चुमेगी प्रशासनिक क्षेत्र में आपके डंके बजेंगे ऑफिस में आज आपके कार्यो की तारीफ होंगी आज आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे आपको कुछ गिफ्ट स्वरूप या इनाम स्वरूप या कोई आपको पारितोषक भी दे सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा विष्णु साहित नाम का आज आप पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा मिथुन राशि आज आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ साथ आज का दिन काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए सकारात्मक जो है चीज़ें ले करके आया है आज आप अपने साथियों को खुश करने की कोशिश करेंगे खास करके जो लोग स्टूडेंट हैं इनको करियर में सफलता मिल सकती है कोई जरूरी प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपका दांपत्य जीवन सुखद रहेगा किसी नए काम पर सोच विचार कर सकते हैं कुछ नई जिम्मेदारियाँ भी आज आपको मिल सकती है आज इंटरव्यू uh, में यदि आप जाते हैं तो उसमें आप सक्सेस रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज के दिन मिथुन राशि जात को गणेश जी को 11 दूरबा ले लीजिएगा और ओम गंगा गणपत नमा मंत्र से आपको चढ़ाना रहेगा और गाय को हो सके तो जल जरूर आज आप पिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा कर्क राशि के पर आगे बढ़े उससे पहले देखिए एक हम जो है फोन कॉल लेते हैं और देखिए फोन कट गया है तो कोशिश करते हैं प्रयास करते हैं कि फोन अभी आता है तो उसको लेते हैं ए... हलो हेलो हेलो हाँ जी जी जी जी मेरा नाम राशि शर्मा है जी? और, अ, जी? है है और और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1993 टाइम 3:37 मैं इवेंट हूं, मतलब मैनेजर हूँ बेसिकली मेरी ना तो कोई जॉब में सक्सेस हो रहा है ना खुद के काम में सक्सेस हो रहा है और अभी जहां जॉब कर रही वहां पे पैसा अटक गया है कन्या अलग कन्या अलग मिथुन राशि आ रही है हाँ जी एक काम करिए आप सबसे पहले तो एक आप नीलम धारण कर लीजिए ओके क्योंकि शनि की महादशा चल रही है पंचमेश भी हाँ। आपके शनि हैं और त्रिकोण में भी हैं दूसरा एक पन्ना भी आप धारण कर सकती हैं है ओके। जी, ये दोनों स्टोन आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे जी और जी। बाकी बहुत ज्यादा यदि जानकारी चाहिए तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा आपकी कुंडली अच्छी है नो डाउट बहुत अच्छी कुंडली है आपकी चेंज हो जाएगी। हाँ जी। प्रयास करिए जॉब चेंज होने योग है ये मान के चलिए की अप्रैल के पहले पहले जॉब आपकी चेंज होगी अगर छोड़ सकती हूँ बिल्कुल तो कर्क राशि के जात को आज किसी काम को लेकर के आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए आज आज आप जा सकते हैं व्यापार में आज आज आपको उम्मीद से अधिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी दूसरे पर अपने काम को थोपने से आज आपको बचना होगा आज यात्राएं आपके फायदे में रहेंगी यदि आज आप किसी को पैसा देते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है कोशिश कीजिएगा किसी दूसरे की आलोचना करने से आज आपको बचना है अन्यथा बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन प्रयास आप लोग ये करिए कि विष्णु सहस नाम का सबसे पहले तो पाठ करिए और दूसरा आशु जी पर आपको जल चढ़ाना रहेगा थतुरे के साथ शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा वहीं सिंह राशि के जात को आज का समय आपके लिए काफी सुकून भरा रहेगा काफी खुश मिजाज जो है आज आप रहेंगे आज आपको कोई आज आपका नेम और फेम बड़ा फेमस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आर्थिक मामलों को लेकर के आज आपको थोड़े से सतर्क रहने की जरूरत रहे जो है रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं यदि आप नौकरी पेशा है तो आज आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं खास करके जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा यदि आज आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आप सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोई नई नौकरी आज आपका इंतजार कर रही है जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास आती हुई दिखाई पड़ रही है तो कोशिश कीजिए कि आज धर्म स्थान पर आप लोग सफाई करिए और गणपति का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा हमारी जो अगली राशि आती आती है ये आती है ये कन्या राशि कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ आज खास रहने वाला है तो कन्या राशि के जातकों आज आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे खुद को तरोताजा महसूस करते हुए दिखाई पड़ेंगे एक फोन कॉल आ रहा है ले, ले उसके बाद जो है चलते हैं तो कन्या राशि के जातको आज खुद को तरोताजा महसूस कर देंगे बहुत ज्यादा अपने कार्यिवेंगे लेकिन काम में सफलता मिलेगी ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंट तय है जो कोई लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ यात्राओं में आज आपका कोई जो है मतलब कीमती सामान चोरी होने का भी भय दिखाई पड़ रहा है मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला आज उनको कोई जो है जाप करना रहेगा है। गणपतिर्ष का आपको पाठ करना रहेगा जिससे आपके सभी काम बनने लगेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा आसमानी कलर शुभ अंग आपके लिए रहेगा ये रहेगा छे और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा पर आगे बढ़े, उससे पहले फोन कॉल लेते हैं हेलो हाँ डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए उन्नीस सौ तिरानवे साढ़े दस बजे रात्रि गुरुवार दिन था देखिए जॉब में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है आ रही है और मतलब कई जगह आप जॉब करेंगी और आंतरिक जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा ये बिल्कुल तय है जॉब के घर में वो मतलब में मतलब प्रशासनिक सेवा जाने कि कि उग चुकी।, चुकी है ना अब एक, एक प्रयास कर लेते हैं छोटा सा आ... एक एक वर्ष का समय हमको दीजिए एक काम आप ये करिएगा सबसे पहले तो एक माड़ के धारण कर लीजिए जितनी जल्दी हो हाँ। दूसरा, दूसरा देखिये केतु, हाँ, केतु नीच के है कर्म के भाव में तो आपको बिल्कुल वो होता नहीं हाथ का या मुंह ना लगा आपके सामने पूरी थाली सजी होगी आपको लगेगा कि हम बन गए लेकिन नहीं बनेंगे और आपके मेहनत में कोई कसर नहीं रहती है बहुत परिश्रमी हैं आप तो संभावना नारायण चाहेंगे तो होगा हम लोग क्या हैं कुछ नहीं तो इसीलिए तो आपको बोले हैं कि नारायण कवच का पाठ करिए एक माणिक धारण जरूर कर लीजिएगा पांच कैरेट का धारण करिएगा सूर्य की होरा में करिएगा शुक्ल पक्ष के संडे को करिएगा नारायण कवच आपको प्रशासनिक सेवा क्या आपको बहुत कुछ दे देगा आप करके तो देखिए लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ये नहीं कि आप नारायण कवच पढ़ने लगे और तो एक हफ्ते में आप सोचे कि प्रशासनिक अधिकारी बन जाए तो बड़ा संभव सी चीज है अगर हमसे आप जुड़ रही हैं तो समय आपको देना पड़ेगा ठीक है जी तो तुला राशि के जातक को आज आपको कुछ घरेलू सामान की खरीदारी करनी पड़ सकती है पैसा आज आपका बहुत ज्यादा खर्च होगा आज मन में कुछ चिंता आपके बनी रहेगी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा किसी नए काम की शुरुआत करने पर परिवार के सदस्यों का साथ आज आपको मिलेगा आज आपकी अपने मित्रों के साथ कुछ अनबन हो सकती है ऑफिस में उच्चाधिकारियों का आज आपको सहयोग हो, प्राप्त होगा लेकिन आपके ऑफिस में जो आपके साथ काम करते हैं वो आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराई करेंगे आपके खिलाफ जो है एंटी प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर क्या करिए तो कोशिश कीजिएगा आज विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और किसी जरूरतमंदों को अपंग व्यक्ति को पका हुआ भोजन जरूर कराइए देखिए आपके लिए शुभ कलर जो तुला राशि के जाता है साहब आप लोग दिख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन गोल्डन रहने वाला है प्रेम प्रसंग में आज आपको सफलता प्राप्त तो होगी दाम्पत्य जीवन पहले से बहुत बेहतर रहेगा मन आपका प्रसन्न रहेगा आज आपके आस पास किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आप संपर्क जो है स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये संपर्क जो रहेगा ये आगे चल करके आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा परिवार के साथ बाहर जाने का कोई कार्यक्रम बन सकता है काम जो है और मेहनत ज्यादा रहेंगे सफलता आज आपको मिलेगी कोई नया व्यवसाय आज आप जो है स्टेब्लिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा गणेश जी को आज आप लोग बेसन से बने हुए लड्डू चढ़ाइए और आज गणेश चालीसा का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा हमारी जो अगली राशि आती आती है धनु आती है धनु राशि लेकिन उससे पहले ए, ए, एक फोन कॉल ले लेते हैं हेलो जब बेटी की जन्म तारीख है पच्चीस सितंबर उन्नीस सुबह के साढ़े दस बजे पच्चीस सितम्बर पच्चीस सितम्बर उन्नीस जी शुक्रवार दिन था सुबह बजे स्थान फ्राइडे दिन तो, था हेलो हाँ जी फ्राइडे दिन था क्या? जी विवाह तो, से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही होगी जी हाँ जी हाँ विवाह बताए दे रहे हैं कब तक तो होगा इनकी तो योगनी दशा ही संकटा की चल रही है देखिए 2020 में विवाह होने के योग हैं जी सबसे पहले तो कोशिश करें कि हर बृहस्पतिवार को गाय को छह केला लेने ले और हल्दी डाल करके खिलाना स्टार्ट कर दें केले में हल्दी मिक्स करके ठीक है जी दूसरा इनको मंगलवार वाले दिन महीने में किसी एक मंगलवार को बंदरों को जो है गेहूं हो गया गुड़ हो गया चना हो गया ये मिक्स करके इनको खिलाना रहेगा ठीक है राहु मंत्र का डेली ये जाप करें एक माला और जेमस्टोन के बारे में यदि हम बताएं इनके लिए लकी स्टोन क्या रहेगा तो एक इनको ओपेल धारण करा दीजिए फायर धारण कर जी, काफी उपाय हमने बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं से इन आपके सारे काम बन जाएंगे तो मोहन चौहान जी जुड़ गए हैं राम राम जी कंवल जी, जी हैं तो सबको नमस्कार सादर आप लोगों को राम धनुराश के जातको आज किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। आज ऑफिस में के, के काम से रिलेटेड आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की आज गणपति गायत्री मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करिए और आज के दिन गणेश जी को दूरबा जरूर चढ़ाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छह और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा वहीं कैप्टिकॉन मकर राशि के जातको आज किसी काम को करते समय आपको अपने मन को चित्त को शांत करना पड़ेगा आज किसी काम में आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी आज पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने होंगे किस्मत के भरोसे आज, आज आपको कतई नहीं रहना चाहिए नौकरी पेशा वालों को कुछ लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं खास करके जो कैप्रिकॉन हैं मकर राशि के जो हमारे जातक हैं इन लोगों को आज जो है कोई जो है जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आर्थिक समृद्धि के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है इसके साथ साथ आज शत्रु आपसे परास्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गणेश जी को एक मीठा पान आज आप करिए और इसके साथ साथ आज गणपतिया का आप लोग पाठ करिए आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्ष दिशा कुंभ राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक फोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी बारे में पावन साकी नाम है जी डेट टाइम और प्लेस बताइए ओके उनका डेट ऑफ बर्थ है सिक्स अक्टूबर नाइन नाइन्टी वन और उनका टाइम है ट्वेल्व ट्वेंटी एट तो का टाइम में। जी। स्विच होकर हाँ एक चीज और तो बताइए बिजनेस में क्या इनको कोई जो है मतलब चीटिंग मिली थी पार्टनर के साथ क्या पहले कोई बिजनेस इन्होंने पार्टनरशिप में की हो इसमें इनको घाटा हुआ हो अब जो है है वो भी एक अच्छा जी बोल दीजिएगा अलर्ट रहेंगे राहु की दशा इनकी चल रही है ओके जी या हमारी एक, तो एक सलाह ये मानने यदि कोई जॉबने कोई जॉब को पकड़ ले तो ज्यादा ठीक है अन्य लॉस बहुत होंगे इनके पैसे मार्केट में बहुत ज्यादा डंप हैं फंसे हुए फे और बहुत ज्यादा मानसिक रूप से ये इस समय परेशान चल रहे हैं इनकी कुंडली एक बार विश्लेषण करवा लीजिएगा राहु फिलहाल तो राहु स्त्रोत का ये पाठ करें भ्रामरी प्राणायाम चार से पांच बार करें फुल मून पूर्णिमा का उपवास इनको रहना है ये तीन प्रयोग तब तक आप कराइए इनको और इनकी शादी का कब तक अब ये एक प्रश्न का देखिए हम उत्तर बताते हैं और लोगों को भी मौका दीजिए okay. कुंभ राशि के जातको आज आपका सोचा हुआ काम अचानक से पूरा होगा आर्थिक पक्ष आज काफी मजबूत रहेगा ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर के खुश रहेंगे खास करके जो लव मेट है इनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा आज आप लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं काम के नए अवसर आज आपको जल्दी मिलेंगे आज अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आपको आर्थिक मदद प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल आत्मविश्वास बड़ा पीक पर रहेगा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा उपाय के तौर पर क्या रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पण करिए दूसरा गणपति का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं तमाम हमारे दर्शक जुड़ गए हैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर के प्रणाम करते हैं नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक करिए और हाँ दर्शकों यदि इस प्रोग्राम को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो लाइक के साथ साथ जमकर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर करिए क्योंकि ये राशिफल देखिए राशिफल नहीं है इसमें हम आपको सभी चीजें बताते हैं यूट्यूब पे तमाम राशिफल हम भी देखते हैं ऐसा नहीं है लेकिन काफी चीजें हम सोचते हैं कि इसमें आपको बताएं और काफी चीजें आपको हम बताते भी हैं मीन राशि के जातकों अंतिम राशि पर चलते हैं आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा किसी जरूरी काम को पूरा करने में आज आप सफल होंगे बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है कोई दोस्त आज आपके घर पर मिलने आपसे अचानक आ सकता है रोजगार के मामलों में आज किसी जानकार व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आज कोई नई नौकरी इत्यादि भी आपको मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर की जॉब इत्यादि भी मिल सकती है देखिए आज यात्राओं का योग बन रहा है तो आज यात्राओं पर आप जाइए लेकिन यात्राओं पर संभलना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा इलायची को आप लोग तो छील लीजिएगा और अंदर जो ब्लैक कलर के दाने होते हैं जल में डाल लीजिएगा थोड़ा सा शहद डालिएगा और उस मिक्सचर को घोल लीजिएगा अब शिवलिंग पर आपको जाना है और रुद्राष्टक के पाठ से रुद्राष्टक का पाठ तो सभी लोगों को पता होगा ना नमामि शमी श्याम इस पाठ से आप लोग भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करिए अखंड लक्ष्मी आप लोगों को प्राप्ति होगी शुभ कलर आप लोगों के लिए रहेगा ये रहेगा येलो कलर पीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये भाई साहब आप लोगों के लिए रहेगी उत्तर दिशा अंतिम फोन कॉल लेते हैं हेलो हाँ भैया प्रणाम हाँ जी नमस्कार सर भैया चार जुलाई उन्नीस सौ डेट ऑफ बर्थ है नीलांशु पांडे नाम एक मिनट धीरे बोलिए चार जुलाई सत्तानवे हाँ सुबह पाँच बजे जन्म स्थान कहाँ का है अमेठी अच्छा शुक्रवार दिन था जी। आ, हम भैया बीएससी किए हैं जी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है आप किस क्षेत्र में जाएं यार सरकारी नौकरी ही आपके लिए बनी है जी तो भैया किस दर... कंपटीशन तैयारी सबसे पहले तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई डिग्री हासिल कर लीजिए जितनी जल्दी हो बी एस सी किए बी एड वगैरह कर लीजिए कर कर आप आपके पास देखिए मौका है और एजुकेशन फील्ड में आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं आपकी कर्मेश की ही महादशा चल रही है जुपीटर की महादशा चल रही है जी, जी। मिथुन लग्न की कुंडली है मिथुन राशि है लग्न में ही आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष नामक योग बना हुआ है एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा दूसरा कोशिश कि का जो है प्रतिदिन आप जाप करिए सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस नाम का आप पाठ करिए इतना कर लेंगे ना मुड़ के किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा किसी से कुछ नहीं आपको कराना पड़ेगा खुद आपकी जॉब लग जाएगी करके देखिए उपाय अच्छे हैं और काफी ये मतलब लोगों के द्वारा किए गए तब आप तक पहुंचा रहे हैं ठीक है जी तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए फिर कह रहे हैं कि अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिनके भी फोन कॉल नहीं लग पाए हैं आप लोग प्लीज हाथ जोड़ना है निराश मत होइएगा बंधु कल 10 बजे हम फिर आप सभी के समक्ष हाजिर होंगे और जिनके आज फोन कॉल लग गए हैं प्लीज कल आप लोग अपने भाई बहनों की कुंडली मत दिखाने लगिएगा और लोगों को भी प्लीज मौका दीजिएगा देखिए दुनिया बड़ी छल कपट वाली है तो हमारी बात हो सकता है आप लोग माने ना माने लेकिन एक मित्र होने के नाते हमारी इस बात को मानिएगा और लोगों को प्लीज़ मौका दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर हमारे प्यारे दर्शक लोग कमेंट कर रहे हैं देखिए आशा पांडे जी लिखने बहुत अच्छा लगा माता जी हमारा प्रणाम आप स्वीकार करिए और शुभरात्रि आपको भी तो प्लीज़ आप लोग कल फोन करिएगा और हमारे हम बीच में लाइव क्यों नहीं आ रहे थे हम आपको बता दें कई लोगों ने ब्लेम लगाया था कि पंडित जी आप बिकाऊ हैं आप हमारा फोन कॉल नहीं उठाते हैं हमारी सीट पे आप बैठ जाइए लगभग दो ढाई सौ फोन कॉल पे आए हैं और दूसरे नंबर पे जो आए होंगे वो आए होंगे तो चूँकि आधे घंटे का प्रोग्राम आधा घंटा क्या बीस पच्चीस मिनट का प्रोग्राम करना रहता है इसमें राशिफल भी आपको बताना है उपाय भी बताने हैं शुभ रंग शुभ अंक भी आपको बतानी है शुभ दिशा भी बतानी है फोन कॉल देना है कुंडली भी देखनी है उपाय भी बताना है तो 20-25 मिनट के प्रोग्राम में आधे घंटे के प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है आप खुद बताइए तो जिनके भी फोन कॉल नहीं लगे हैं आप लोग कल फोन कर सकते हैं मिला सकते हैं पुनः आप लोगों से निवेदन है वीडियो को जमकर शेयर कीजिए वार्षिक राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ चुका है सूर्य राशि परिवर्तन हो चुका है उसका भी वीडियो पड़ चुका है, है। मूलांक एक, एक का भी पड़ा है मूलांक दो का कल सुबह छह या सात बजे पब्लिश होगा तो आप लोग देख सकते हैं जाकर के और उस वीडियो को ग्रुप में जमकर शेयर कीजिए फेसबुक पेज पर व्हाट्सएप पर आप लोग बड़े महार्थी लोग हैं तो दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हां दर्शकों शुभ रात्रि